फैक्ट नंबर वन क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों के शरीर पर पांच आँखें होती हैं और तितलियां किसी भी फूल का स्वाद अपने जीभ से नहीं बल्कि अपने पैरों से चखती है नंबर टू देखिए बुलेट प्रूफ कांच बनाने वाली कंपनी के सी अपने कांच के सेफ्टी को किस तरह से प्रूफ करते हैं वो सबसे पहले कार में बैठ जाते हैं उसके बाद ए के कार के शीशे आरोप कुछ इस तरह ऐसी हमला कराते हैं नंबर थ्री कोलकाता के एक पंडाल में कच्चा बादाम के सिंगर भुवन बदायकर की मूर्ति लगाई गई है जिसके साथ ढेर सारे लोग सेल्फी भी खिंचा रहे